So, अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो एक बात तो होता है कि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं पर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कौन से प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट किया जाए जहां से आपको लगातार इनकम आएगी आपका ये सवाल है सो so, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तीन ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूं जिनके साथ आप लगातार पैसा कमा सकते हो और वो भी ऑनलाइन सो so, वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं क्या करना होगा बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और एक चीज मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और उसे अप्लाई किया जो मैं आपको आप सिखाने वाला हूं तो आप आज से ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे ऑनलाइन सो so, अब बात करते हैं कि करना क्या होगा बिकॉज देर आर नो फ्रीज इन दर्ड कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड कर देते हैं तो कंपनी आपको एक कमीशन देती है आपको पैसा देती है पे आउट देती है और इसी का एक पार्ट होता है आप रेफर करते हो किसी को अपने सर्कल में कोई प्रोडक्ट या सर्विस और आप उसके थ्रू पैसा कमाते हो अब सवाल ये आता है कंपनीज आपको एफिलेट कमीशन या रेफरल इनकम क्यों देती हैं? तो वो कंपनीज हजारों लाखों करोड़ों रुपए हर महीने खर्च करती हैं। किस चीज के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर कंपनी के अपने मार्केटिंग बजट्स होते हैं अब ये कंपनी का जो मार्केटिंग बजट है इस बजट में आप भी एक हिस्सेदार बन सकते हो कंपनी कहती है जी मैं टी एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगी एड चलाऊंगी और उससे मैं अपने पास कस्टमर्स लेके आऊंगी तो इससे बढ़िया है कि जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वही रेफर कर दें अपने सर्कल में जिससे जो उन्हें क्लाइंट्स मिलेंगे वो जिन उन्होंने उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और यहां पे जो लोग रेफर कर रहे हैं उन्हें हम एक पैसा दे देंगे एक पेआउट दे देंगे तो अगर आप ये पेआउउट कमाना चाहते हो तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है so, एक एक करके हम तीनों प्लेटफॉर्म को समझेंगे अब आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस को अगर प्रमोट करना है किसी कंपनी को भी प्रमोट करना है तो so आपको यह समझना पड़ेगा वो कंपनी करती है और आप प्रमोट क्या कर रहे हो सो so अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा प्लेटफॉर्म कॉल्ड ग्रो अब आपने हो सकता है ग्रो के बारे में सुना हो सकता है ना सुना तो ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर खरीद सकते हो देखिए हर इंसान को आज की डेट में डीमेड अकाउंट चाहिए होता है अकाउंट नीड है क्यों नीड है क्योंकि आप अपने बैंक खुद ही रिकमेंड कर दो और अगर आपने रिकमेंड किया और उसके बाद आप रेफर एंड सेक्शन पे जाके सिंपली अपना लिंक अपने फ्रेंड्स को भेज दो और अगर आपके पास नेटवर्क है आपके पास सोशल मीडिया पे फेसबुक पे बहुत सारे जगह आपको क्या मिलेगा अभी समझते जैसे ही कोई भी इंसान आपके लिंक से साइनअप करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करता है आपको सौ रुपए मिलते हैं अब यहां पर हम सौ से शुरू कर रहे हैं अभी आपको आगे के प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा तो यह भी बताऊंगा आपको सौ की जगह पांच इनफैक्ट छे सौ भी कैसे मिल सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग इनकम आपको पोटेंशियल है तो यहां पे सौ रुपए ग्रो आपको तब देता है जब आपके लिंक से किसी ने अपना अकाउंट एक्टिवेट कराया और उस इंसान को जिसने एक्टिवेट करा है तो उसे भी सौ रुपए मिल जाएंगे इसका मतलब यह है अभी मान लीजिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देता हूं कि आप ग्रोह सौ रुपए आपको भी मिल जाएंगे जब आपका अकाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इसे आप अपने अकाउंट में तुरंत विद्रॉ कर सकते हैं तो सौ रुपए तो आपको यहां पर यही मिल रहा है अब एक सवाल आता है लोगों का सर जब हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या कुछ मेंटे चार्जेस भी होते हैं देखो अगर आप कोई अकाउंट यूज करते हैं तो Depend करता company company बट, कर है कंपनी टू मेंटेनेंस चार्जेस हो तो आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे तो बात हो गई खत्म अब ग्रो को आप रिकमेंड कर सकते हैं सौ रुपए कमा रहे हो तो आप खुद देख लो आपके पास कितने कॉन्टैक्ट हैं कितने फ्रेंड्स हैं कितना बड़ा सर्कल है कितनी बड़ी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है कितने फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं कितने आपके पेज पे फॉलोअर्स हैं कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं कितने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं आप देखिए और आप कैलकुलेट कीजिए कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं लोगों को भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी हंड्रेड कमाएंगे सो so लोग इजिली अकाउंट खुलवा लेंगे एंड यू विल गेट अ इनकम अब ये तो हुआ स्टेप वन अब स्टेप टू पर आ जाते हैं अब जब हम स्टेप टू पर आते हैं तो हम आगे की बात करते हैं सो देर इज अनदर प्लेटफॉर्म कॉल्ड फाइव पैसा अब ये भी सेम काम करते हैं यहां पे भी आपका डीमेट अकाउंट खुलता है डीमेट अकाउंट यहां पे भी खुलना फ्री है ग्रो पे भी फ्री था एंड जैसे ही आपके बाद आपको क्या मिलेगा तो जैसे ग्रोह में सौ रुपए मिल रहे थे तो यहां पर अगर कोई अपना अकाउंट खोलता है तो उसे ढाई सौ रुपए के इक्वलेंट क्रेडिट मिलते हैं तो यहां पर ढाई के आसपास का फायदा होता है अब यहां पर फायदा इसके अलावा क्या है जब आप फाइव पैसा पे अकाउंट खोलवा लेंगे और आप किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो फर्स्ट रेफरल मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं वहाँ पे अनलिमिटेड पे था यहाँ पे पे पे आपको 500 मिलते हैं first referral पे। और जैसे ही वो इंसान ट्रेड कर लेता है खरीद लेता है करता है करता तो तकरीबन तकरीबन साढ़े सात सौ रुपए मिलेंगे आपको यह फर्स्ट रेफरल था और उसके बाद जितने भी आप रेफर करोगे टू इनफाइट अनलिमिटेड रेफर आपको ये पांच रुपए नहीं मिलेंगे फर्स्ट पे मिलेंगे बट जितने लोग ट्रेड करेंगे उनसे ढाई सौ रुपये आपको आते रहेंगे सो so, ये अनलिमिटेड है जितने भी लोग ट्रेड करेंगे सो so, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसके अलावा कंपनी भी आपको कुछ एडिशनल फायदे देती है जैसे कि इस मंथ आपको अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं और आप रेफर करते हैं तो आपको 50 ग्राम तक का कुछ गोल्ड का ऑफर मिल रहा है सो so, ये कंपनीज ऑफर चलाती रहती है अलग अलग ऑफर आते रहते हैं इसके अलावा भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं सो जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे तो आप रेफर सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं कि, कि कितने सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सो so, ये बेनिफिट्स कंपनी क्यों दे रही है आपको बताएं कंपनी कंपनी को को क्लाइंट्स चाहिए अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है और इसके Now, अब पे है, पे आपने एक चीज देखी है कि आप रेफर तो आप पैसा कमाते हैं अब आपने इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बोला था आप मुझे टैग करना जब आपकी इनकम शुरू हो जाए अब शॉक से आप बिलीव कीजिएगा पिछले एक महीने के अंदर एक हजार से ज्यादा लोगों ने मुझे अपनी स्टोरीज में टैग किया मैंने इनफैक्ट अपने हाइलाइट्स में भी इंस्टाग्राम डाला हुआ है लोगों ने पांच सौ रुपए से लेके दो, दो तीन तीन लाख रुपए तक कमाए अप के थ्रू तब ये पर अकाउंट ओपनिंग कभी तीन कभी पांच दे रहे थे अभी ये रेफर करने पे पर रेफरल छह रुपए दे रहे एंड यहां पर देर आर नो कंडीशन स्टिल इनफाइनाइट हाँ, कंपनी के ऑफर्स चेंज होते रहते हैं अब स्टॉक्स पे अगर आज आप अकाउंट खुलवाएंगे तो सिर्फ एक ढाई रुपए की फीस लग रही है और ये ढाई रुपए की जो फीस है ये पे करनी पड़ेगी अगर अकाउंट खोलना है तो और जब अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप रेफर कर सकते हो अनलिमिटेड लोगों को और जितने भी लोग आपके थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे आपको छे मिलेंगे अब आप, आप अपना बिजनेस मॉडल खुद से डिजाइन कर सकते हो देखो भाई सामने वाले के अकाउंट ओपनिंग पे लग रहे हैं, आपको 600 रुपए मिल रहे हैं सो so, आप देखिए कि जितने चाहे उतने लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हो उन्हें भी सौ रुपए मिल जाएंगे एंड आपको जितने भी लोगों को रिकमेंड करोगे सौ सौ रुपए मिलते रहेंगे सो एक्पल के तौर पर आप अपने अगर कॉन्टैक्ट्स में जाओगे तो कम से कम ढाई 300 नंबर होंगे एवरेज इंसान के कितने होते हैं अब अगर आप सौ लोगों को भी सक्सेसफुली ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपके सर्कल की मैं सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि हर किसी के पास सोशल मीडिया पर फॉलोइंग नहीं होती बट आप उसे क्रिएट करो ना टाइम लगेगा बट वो आपको लाइफ टाइम पे करेगी आप फेसबुक पे, पे, पे, पे पेजेस बनाते हो ग्रुप्स हैं बहुत सारे आप उसमें लोगों को बोलते हो क्योंकि आप प्रमोट क्या कर रहे हो क्या आप एक अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहे होता थिंग एस येस लोगों को आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए तरीका बता रहे हो कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्लान कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं शेयर में इन्वेस्ट करना है डीमेट अकाउंट चाहिए और एक बात जरा सोचिए मैं आपको ये दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं मान लो आपने प्रमोट नहीं किया सो so, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कन्विंस नहीं कर सकता आपने फाइव पैसा को आपने अब स्टॉक्स को प्रमोट नहीं किया क्या ये कंपनी आपना प्रमोशन रोक देंगी इन पे खुल जाएंगे और अगर आपने प्रमोट किया तो जो प्रमोशन का पैसा कंपनी खर्च करने वाली है वही पैसा यहाँ पे कंपनी आपको देना शुरू कर देगी तो यहाँ पे फाइव हंड्रेड था फर्स्ट रेफर पे एंड उसके बाद ढाई सौ रुपए एंड यहाँ पे 600 तो अगर आपने मान लीजिए 100 लोगों को यहां पे भी किया तो ये साठ हजार रुपए के आसपास का अमाउंट बनता है और ये मैं एक महीने के आसपास की बात करके चल रहा हूं क्योंकि एक महीने के अंदर मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ एंड सिमिलरली अगर आप यहां पे 100 करते हो सो दिस इज जस्ट टेन थाउजेंड बट दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज आपको पैसा आ ही रहा है तो तीनों प्लेटफॉर्म से वन टू थ्री आपको फायदा है आपको चूज करना आप तीनों प्लेटफॉर्म को भी रेफर कर सकते हो एंड आप चाहो तो किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को भी रिकमेंड कर सकते हो सी अगर आपके पास खुद का डीमेट अकाउंट नहीं है तो वो भी चाहिए एंड दूसरी चीज मैंने बताया कि मेंटेनेंस चार्जेस कोई भी ब्रोकर uh, आपके अकाउंट से नहीं काट सकता सो दर इज ओनली विन विन सिचुएशन सो इफ यू वॉन्ट टू अर्न देखो मैंने क्या बोला था सकता कि मैं कुछ ना करूं से पैसा गिरता रहे जस्ट सी दस कितने सारे लोगों ने जब मुझे टैग किया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने हमारे थ्रू पैसा कमाया एंड इनफैक्ट मैं आपको भी यही अपॉर्चुनिटी दूंगा कि अगर आप पैसा कमाते हो इन प्लेटफॉर्म से सो so आप पैसा कमाने के बाद जो भी आप कमा रहे हो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं हम आपकी स्टोरीज को शेयर कर देंगे जिससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे एंड उससे आपको इनडायरेक्ट बहुत फायदे होते हैं तो यू ऑलरेडी नो दिस सो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आप तीनों प्लेटफॉर्म से अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं रेफर एन ऑन करके पैसा कमा सकते हैं कितना कमा सकते हैं देर इज नो लिमिट क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको प्रमोशन करना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो करोड़ों रुपए आपको भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो सो यू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी एंड स्टार्ट रेफर एंड अर्न अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर जरूर कीजिए बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं बट उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एक्चुअल में हर महीने लोगों को पैसा दे रहे हैं और आप इस वीडियो को शेयर करके बहुत सारे लोगों का भला भी कर सकते हैं अगर आपके कुछ सवाल आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देख सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन पे क्लिक कीजिए सो आई वुलडियो यू ओपन यकाउंट एंड स्टार्ट अर्निंग एंड गो से